दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आप लोग के बहुत ही इच्छा थी कि मैं करूं। धर्मतालाप्रीवि कलकत्ता तो में बहुत ही प्यारा सिटी है और मतलब बहुत ही अच्छा मार्केट है तो मैं आपको इसमें क्या -क्या मिल सकता है। और बहुत सस्ता मिलता है, बहुत है। आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हैं और देखने के बाद आपको जब पता चले तो आप आकर इस मार्केट से ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते है इस मतलब सफर को और आपको बताते चलेंगे की धर्मतला में क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं चलिए शुरू करते हैं तो करते हैं मार्केट में आते हैं और आप से पे बहुत ही क्या तरह कपड़ा है और बहुत ही सुंदर सुंदर और सेल में लगा हुआ है ओके यादव चलिए आपको सामने एक भैया मिला है भैया आपका नाम क्या है मोहम्मद साहब साहब आप बता सकते हैं ये जो कपड़ा जिस तो है जिससे जरा लिखा हुआ है था ब्रांडेड है और जहाँ सवाल थी इनो पसंद है और इन लोगों का प्राइस क्या हुआ बताइए होता था। था। 4, 50, 5, 50। हो। है तो मैं आपको थ्री फिफ्टी आया था फिफ्टी में आ जाता है मैक्सीम जो है फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी अच्छा जैसे लेना वैसे आपको मिलेगा जैकेट भी मिल सकता है आपको वह देख सकते हैं आप यहाँ पर डेनिंग जैकेट मिलते हैं इन सब कैन में थाउजेंड फिफ्टी आता है इससे कम दम पर भी आता है आता है लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती हफ्ते आपको मार्केट में पान रोते लेकर छो रुपये में जैकेट मिल सकता है लेकिन वो रेंज में अच्छा कपड़ा नहीं मिले और इस रेंज अगर आप लेना चाहते तो क्वालिटी अच्छी रही और इसकी लॉन्ग लास्टिंग हो धीरे आते हैं यूज़ करने के लिए पैसे दे मैं चाहता हूँ ये अच्छा रह तो आपने देखा ने कितना अच्छे से बताया और प्रोडक्ट के बारे में बताया कि लोग ले जाएंगे तो उसको यूज करें ताकि मतलब काम है ना कि पैसा पर बात करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा चलिए हम आपसे मिलेंगे भी मिल जाएगा। आप तो मेरे ये विंटर कलेक्शन है विंटर का जो सीजन चल रहा है वैसे तो बाजार है बाजार होनी चाहिए खराब जा रहा है क्या करें हाँ अभी क्या है अभी अभी लोग क्या है की साल बिता है ना तो बिता हुआ नया साल का स्टार्टिंग है सबसे साल पैसा कम है धीरे धीरे सब हो रही आएगी लोग आएंगे आपसे मिलेंगे और सामान मिलेंगे अच्छा ठीक है आपसे मिल तो भैया से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा इन्होंने बहुत ही तरीके अच्छा से बताया इस मार्केट को ठीक है तो चलिए मैं धर्मतला के बारे में पूरा अच्छा से बताऊंगा आप लोगों को और आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे वीडियो को आपको पसंद आए तो आइएगा फिर मिलेंगे तो चलिए धीरे धीरे हम आगे मार्केट में बढ़ते हैं और मार्केट को आपको दिखाते चलते हैं ये देखिए यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर टी शर्ट है जो की ढाई सौ का सेल लगा हुआ आप लोग ले सकते हो और बहुत ही मजा आएगा क्योंकि इन सब कपड़ों को देख करके बिल्कुल लगता है कि नया और फ्रेश है और बहुत ही प्यारा प्यारा है तो आप लोग आ सकते हैं है। यहाँ पे कपड़ा है यह लेडीज से के जो ठंडी का कपड़ा है बहुत ही प्यारा दिख रहा है और यहाँ पे सौ रुपए में भी सामान है इतने सस्ते सस्ते कपड़े यहाँ पे मिल रहे हैं आप लोग आकर ले सकते होगा सर आप बता सकते हैं इसका क्या प्राइस होगा जो आप हाथ में लिए हुआ है कपड़ा खेला हो सब अरे आप धर्मतला केवल सस्ता ही मार्केट नहीं यहाँ पे ब्रांडेड भी शोरूम है आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम बटा पे हैं बटा के बाद से आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड दुकान भी आपको देखने को मिलेगा साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आप हरी कलेक्शंस कितने प्यारे प्यारे हैं मतलब आप इसको पहन करके किसी भी शादी पार्टी में जाओगे ना आपका मतलब लुक गजब लगेगा मतलब देखने के बाद लोग आएंगे कि वाह मतलब आपसे लोग पक्का इन्फ्लुएंस होंगे तो आप लोग धर्म आइए भैया लोग सेल कीजिए भैया क्या आप बता सकते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है घड़ी घड़ीजों पर अलग अलग प्राइस है मतलब मिनिमम क्या प्राइस होगा और मैक्सिमम तब अब तक अब ये हम बन दे रहे पैतालीस सौ से लेकर सारे के सारे देखने में मतलब दे। बहुत ही प्रीमियम लग रहा है मतलब कोई कह रहा है नोबल घड़ी है बहुत ही मजा आया को तो देख करके लास्ट में मैं जरूर इसे लेके जाऊंगा अभी वीडियो सिर्फ कर पहले ये देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्यारा टी शर्ट कलेक्शन है जो कि जोड़ा में मिल रहा है मतलब 300 का दो पीस शायद दे रहे हैं भैया हम लोग देखिए भैया मैं बेच रहे हैं मतलब इतना सस्ता में इतना बढ़िया बढ़िया टी शर्ट मिल रहा है मैं तो कहूँ ना ब्रांडेड छोड़ो अब आकर यहीं से सारे के सारे शॉपिंग करो मैं खुद आज बहुत सारे कपड़े लिया हूँ और लेने वाला हूँ तो मुझे बहुत मजे आ रहा है इस मार्केट में आकर के तो यहाँ पे कुछ ब्रांडेड ब्रांडेडी माल मिल रहा है जो कि तो बहुत ही सुंदर सुंदर है आप हाँ लाके ले सकते हो लेकिन यहाँ पेट्स मिल रहे हैं और कुछ बुडीज है जो कि बहुत ही प्यारा है मुझे इस दुकान के सारे कपड़े बहुत ही प्यारे लगे हैं क्योंकि इसका कलर इस कम ने बहुत अच्छा है कुछ पता तो बड़ा मजा आता है दिखने बहुत ही प्यारा है लेकिन दुकानदार भैया आप बता सकते हैं क्या बुढ़ी और ये स्वीट सर क्या प्राइस पड़ रहा है आठ सौ पचास का ये छे थी कौन सा छे सौ रुपए ला लो वाला और ये साढ़े आठ सौ का मतलब ये फिक्स है कि कुछ कम भी होता है अरे वो प्राइस है मतलब आप फिक्स है। प्राइस है लेकिन देखने में बहुत ही प्यारा है आप कहीं भी पहन के जाओगे ना मज़ा आ जाएगा मतलब कलर कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है इसके बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन भी रखे हुए भैया तो धीरे धीरे इस सफ़र को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है मैं पहली बार आया हूँ इस मार्केट में वाओ ये देखिए यहाँ कितना ब्यूटीफुल बच्चों का कपड़े है यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देखिए बहुत सारे जैकेटों का लगा हुआ है बहुत ही प्यारा प्यारा है आप लोग आकर के इस मार्केट से ले सकते हैं और चलिए अब दुकानदार से पूछते हैं इन लोग पे प्राइस क्या है भैया आप बता सकते हैं ये जैकेट का क्या मतलब प्राइस चल रहा है फाइव से में आपका आने लगा पंद्रह सौ रुपए तक मतलब सभी रेंज के हैं। मतलब की मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास तक सब लोग आकर यहाँ से ले सकते हैं तो इस मार्केट में आप लोगों को सबसे बड़ी खासियत हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है और ले सकता है बहुत ही अच्छी बात है कि हर रेंज का सामान यहाँ पे मिलता है, के फर... मतलब फरोजनी की तरह ही है। और बहुत ही प्यारा है और ये बहुत ही पुराना जगह है कोलकाता का जो की हम आप इस लॉक में अंडल बता सकते कि आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं काम करने से आपको अच्छा ये आप ही दुकान है वो और ये सब मतलब जो स्वेटर बेच रहे हैं लेडीज का सामान है वो क्या प्राइस कुछ भैया अच्छा थ्री फिफ्टी में क्या है थोड़ा सा कुछ दिखाइएगा अच्छा अच्छा ये देखिए कितना सुंदर स्वेटर है अपने मम्मी बहन किसी को भी देने के लिए बहुत ही बेहतरीन है और इसका मात्र दाम थ्री फिफ्टी है जो कि बहुत ही सस्ता है और कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है मिडिल क्लास लोअर क्लास एवरीवन वन है और इसका देखिए ब्राउट कितना प्यारा है मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है मतलब क्या बताए जितनी तारीफ पर उतनी कम है तो देखिए मैंने ले लिया और अंकल है इसको पैक कर रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर के मम्मी भी शायद एक्साइटेड होगी देख करके ये देखिए हम लोगों के उम्र के लड़कों के लिए भी इतना प्यारा प्यारा कपड़ा यहाँ पे है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है देखने में कलर से है सब कुछ तो आप लोग आइए धर्मतला और यहाँ से शॉपिंग कीजिए और इस मार्केट को भी पहचान है अपना एक आइडेंटिटी है तो उससे रिवील होइए आप लोग जानिए पूरा तो सफर को आगे बढ़ाते हुए और ले चलते हैं मार्केट में आपने देखा की हमने अपने मम्मी के लिए तो पापा ले लिया अब फिर उधर से इधर पापा के लिए लेने का कुछ सामान रहा कुछ पापा के लिए मिल जाए बढ़िया साफ ऐसे तो बहुत ही सुंदर सुंदर सामान है देखकर के तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ यहाँ पे देखिए आप लोग मोबाइल के कवर से सब ले सकते हैं बहुत ही प्यार पारा क्योंकि हर कोई यूज करता है क्या नाम भाई आपका मेरा दिशा अनुसारी ओके और आप लोग का जो एक, मतलब कवर है क्या प्राइस आता है तो और मतलब सभी रेंज का अलग अलग फ्रेंग. अच्छा मतलब आपको जिस डिजाइन का लीजिएगा उस डिजाइन का आपको मिलेगा ठीक? अच्छा, और यहाँ पे सारे ब्रांड है इसका नाम नामी लहरी ओके बपिलहरी क्यों ऐसा क्या खास बात है नहीं गोल्ड है ना पूरा गोल्ड अच्छा तो सोना पहनते है इसलिए बपी लहरी ओके तो आप लोग देख सकते हैं कवर भी है जो की बहुत ही ज्यादा अभी शायद प्रचलन में है तो आप लोग आकर यहाँ से ले सकते है भाई के पास से और जो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं यूट्यूब का काम करना चाहते हैं यहाँ पे यूट्यूब पर सामान बहुत सारे हैं साथ में यहाँ पे डिजाइनर घड़ी कलेक्शंस हैं आप आ कर के अपना मतलब वीडियो शूट के जाकर सब कुछ सामान यहाँ मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता दे रहे हैं भैया है, बहुत ही अच्छा दे रहा है क्या प्राइस होगा भैया ये स्टैंड का ये जो स्टैंड है हाँ ट्राईपोर्ड है इसके बारे में आप बता सकते इसका फाइव है और आप देख सकते हैं इस ट्राईपोर्ड पर आपका कैमरा फ़ोन सब कुछ फिटेड हो सकता है एवरी तरह का आप एक मिनट लगा सकते हैं अपने वीडियो के लिए जो कि बहुत ही प्यारा रहेगा और यहाँ पे लेडीज के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक के सामान है जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा है आप देख सकते हो सारे साइड के साथ आप पार्किंग ले सकते हो और ये बहुत ही सस्ता है जो कि आप अदर जगह से लेते हो या कहीं ऑनलाइन से लेते हो तो बहुत ही मतलब महंगा पड़ेगा लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और यहाँ पे कुछ जैकेट्स के कनेक्शन हैं जो कि ठंडा में तेल पे लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा प्यारा है आप देख सकते हैं कोई भी देख करके नहीं कहेगा कि ब्रांडेड नहीं है या फूफी माल है लेकिन हाँ है बहुत ही प्यारे आप इसको यूज कर सकते हैं शादी में कहीं भी घूमने जाने में ट्रैकिंग में हेवी बहुत ही प्यारा है मतलब मस्त देखने में लग रहा है देखिए यहाँ पे नाइटी का भी शोरूम लगा हुआ है साथ में फूवा का शोरूम है का भी है मतलब की लाइन से ब्रांडेड सामान भी आप ले सकते हो और अधिक को जिनको मतलब मीडियम रेंज में लेना है तो लोकल भी सामान ले सकते हैं मतलब मार्केट देखें जहां पे दोनों का कम्पटिशन अच्छा करता है लेना है सामान ले सकते हैं कपड़ों का आप देख सकते हो बहुत ही सस्ता और बहुत ही प्यारा प्यारा सामान सस्ता मिल रहा है काफी हमने ब्रांडेड का बात किया था तो अभी ब्रांडेड ही चल रहा है चारों तरफ यहाँ पे टाइटान्स साथ में वुडलैंड मेट्रो तो आप लाइन से देख सकते हो यहाँ पे एक साइड में ब्रांडेड का मार्केट है और एक साइड में आप देख सकते हो कि लोकल कंपटीशन है मतलब दोनों का यहाँ पे अच्छा तालमेल है जिनका जैसा प्राइस वैसा सामान लेकिन आप देख सकते हो सामान के क्वालिटी में कमी नहीं आई क्वालिटी बहुत ही प्यारा है बहुत ही सुंदर है यहाँ बहुत ही अच्छा अच्छा कपड़े मिल जाएंगे जायेंगे मुझे बहुत पसंद है मार्केट चोरी चोरी का तेरी ये जैकेट भैया बताया की बहुत प्यारा है और मैं अपने पापा के लिए लेने जा रहा हूँ आप लोग कमेंट करते बताइए कैसा जैकेट पापा के लिए लेने जा रहा हूँ मैं अच्छा लगा यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे जैकेट नहीं। नहीं। और इसकी प्राइस आठ सौ साढ़े आठ सौ के करीब में भैया बता रहे हैं कि आप ले सकते हो तो ये मैं पापा के लिए लेने जा रहा हूँ कैसे आप बता सकते हैं यहाँ तक कितने ब्यूटी ब्यूटी सुकूल सामान सब है बहुत ही मज़ा आएगा लेने में आपको और बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर इसको आप सजाइएगा घर पाँ तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये सब चीज़ मतलब बहुत ही अच्छा लगता है एक पर्दा को देखिए जिसको तो हमें ये दो प्यारे लोग मिले हैं बहुत ही सुंदर से फूल बेच रहे हैं जिससे मतलब लोग यूज करते हैं लोगों को प्यार दर्शाने के लिए देने के लिए तो मैं इनसे लेने वाला ये फूल मुझे बहुत ही प्यारा लगा कितने रुपए का है बाबू 30 yes. रुपए का ठीक है आ, एक मुझे दे दो ऐसे तो तेरे कोई नहीं जिसपे देने के लिए मैं हर में से डालूंगा बहुत ही प्यारा है मैंने सोच देखिए आप लोग कितना सुंदर सुंदर है यहाँ पे मोबाइल्स कवर है यहाँ पेगा यहाँ पे भैया कर बहुत ही लोग सपोर्टिंग होते हैं यहाँ के बहुत ही अच्छे तरह रहते है ये सब मिली आगा और यहाँ पे आप टेम्पर ग्लास साठ रुपया में मिलता है गुरीला ग्लास तो आप यहाँ सस्ता में आकर के गुरीला ग्लास और बढ़िया बढ़िया अपने मोबाइल का कवर ले सकते है बहुत प्यारा यहाँ पे क्यूट सी सीजाइन है क्यों तो डिजाइनर हम लोग के जैसे मतलब पहनने वाले लड़के हो यहाँ से आकर हुडी जैकेट ये सब ले सकते हैं ये बहुत ही प्यारा है क्या रेंज होता होगा भैया कुछ बताइएगा ये हुडी सब का भैया ये सब का क्या रेंज चल रहा है आप सौ पचास नौ से देखिए यहाँ पे लोगो है ब्रांडेड जैसा है पूरा कॉफी माल होगा लेकिन आप आकर ले सकते हैं पूरा फील देगा और का अब बहुत ही मजा आएगा तो आप लोग पहनिए यूज़ कीजिए और हमारे धर्मतला का मार्केट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं साथ में इसको बारे में आपको अगर लोगों को बताना चाहते हो तो शेयर करें हमारे वीडियो को तो आज के लिए टाटा बाय बाय फिर मिलते हैं अगले वीडियो में